तो कैसे हो दोस्तों YouTube ने नए अपडेट दिया आपको पता होना चाहिए आज ही आपको YouTube ओपन उप, करना है आपको नीचे प्लस का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है आप देख सकते हैं गो टू ने गो लाइव टुगेदर मतलब तो ये पचास सब्सक्राइबर मिलेगा आपको मैं तो पचास हुए नहीं है अभी सब किस में ऑप्शन आ रहा होगा चेक कर लो जाके न्यू है यहाँ पर देख सकते हो आप पचास सब्सक्राइबर 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में आप लाइव जाएँगे